तो अपने आपको चलिए है कि जैसे ऑनलाइन पर छोटी ऐसी छोटी चीज बिकती है ऐसी उसी तरह कुछ वेबसाइटों पर कुछ इस प्रकार के प्राइवेट आइलैंड बिकते हैं नंबर टू अनुता फोविया नामक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोगों को सिंगल रहने से डर लगता है नंबर थ्री एक रिसर्च के अनुसार लड़कियाँ एक दिन में लगभग आठ बार आईने में अपनी शक्ल देखती है नंबर फोर एक शोध के अनुसार हम एग्जाम देते समय पानी पीते है तो हमारे एवरेज नंबरों ऐसी पाँच ज्यादा नंबर आते हैं नंबर फाइव पोलैंड में जाइंट जीजियस नाम का एक स्टेचू है जो देखने में सुंदर तो लगता ही है और ये स्टेचू अपने आस के एरिया को फ्री भी देता है नंबर से बाबिर उसा नाम का ये जानवर अपनी सींगों की वजह से दिखने में बहुत ही अजीब लगता है नंबर ऐसी बुर्ज खलीफा दूर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और ये बुर्ज खलीफा ऊपर से कुछ इस प्रकार अमेजिंग तरीके से बना हुआ है नंबर एक गेरेनुक नाम के ये जानवर दिखने में काफी सुंदर लगते हैं नंबर नाइन साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा जल्दी सच्चा प्यार हो जाता है नंबर टेन आपको पता है नर्स सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं होती बल्कि नर्स लड़के भी होते हैं और उन लड़को को भी नर्स ही कहा जाता है वैसे ये नर्स वाला फेट किस किस को अभी पता चला हमें कमेंट करके जरूर बताए